कि पेरेंट्स तुम्हें समझें तुम्हारी प्रॉब्लम समझें तुम्हारी मेंटल दिक्कतें समझें नहीं वो पेरेंट लव नहीं होता है नहीं पेरेंट लव होता है रोज रोज तुम्हें ताने मारना जब तुम उठ रहे हो तब ताने मारना जब तुम सोने जा रहे हो तब ताने मारना बस ताने मारना देट इज कॉल्ड पेरेंट लव अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं वो तुम्हें प्यार ही नहीं करते हैं लव ही नहीं है वो किस बात का पेरेंट जो ताने मार मार के अपने बच्चे को डिप्रेशन में ना डाले किस बात का पेरेंट वो किस बात का पेरेंट जो अपने बच्चों को सपोर्ट करे किस बात का पेरेंट करोगे कि जितने पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को जीने देते हैं वो उनसे पागल कोई नहीं है वो गधे हैं बावड़े हैं वो वो उनका दिमाग ज्यादा चल गया है देखो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों से पहले बाहर वालों से पहले तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे लाएंगे